जय हिंद ये भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर छः है जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट एक से पाँच तक देखना है वो यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके सीधे हमारे वीडियोस पर पहुँच सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर जा कर के वीडियोज़ को देख लें तो यह प्रैक्टिस सेट सुपर टेट 2021, हज़ार इक्कीस लेखपाल भर्ती दो और वो सारे एग्जाम जिनमें कि भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रैक्टिस सेट है इसका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का है तो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म निधन नहीं है जीवाश्म निधन को फौसिल फ्यूल भी कहा जाता है ऑप्शन है यूरेनियम भी कोयला से प्राकृतिक गैस या फिर डी पेट्रोलियम तो सबसे पहले आप लोग जो है पेपर पेन लेकर बैठिए और हमारे साथ आप लोग इस तरह से टिक करते हुए चलिए फिर लास्ट में बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनियम प्रश्न नंबर दो कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है ऑप्शन है इलेक्ट्राइट बी लाल मिट्टी सी काँप या फिर डी काली मिट्टी तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी काली मिट्टी प्रश्न नंबर तीन आलपस पर्वत की उत्तरी धुला उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं जो स्विट्जरलैंड में बहती है ऑप्शन ए एबोरा बीचनूक सीफान या फिर डी मिस्ट्रल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पान प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए जो कि की विकल्प दिए गए हैं उनमें से तो चयन करिए कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम है सबसे कम कहाँ है फिर उससे कम उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहां पर है तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो सबसे कम जो है वो झारखंड में तो ये एक नंबर आएगा पहले नंबर पे रहेगा फिर इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है दो नंबर पे रहेगा फिर इससे ज़्यादा तमिलनाडु में है ये तीन नंबर पे रहेगा और सबसे ज़्यादा केरल में है तो ये एक नंबर पर रहेगा तो इस प्रकार से कोर्ट जो बनेगा वो आरोही क्रम बता रहा मतलब यह है सबसे कम कहाँ पर है तो झारखंड में तो घा फिर झारखंड से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में तो का और फिर खा से खरगोश खा तमिलनाडु में और सबसे ऊपर रहेगी गा से गमला सबसे ऊपर गा मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वो केरल की है प्रश्न नंबर पांच वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत, भारत के किस राज्य में है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में बी आंध्र प्रदेश में सी उत्तर प्रदेश में या फिर डी अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जल्दी से लगाइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश प्रश्न नंबर छह स्कीमों के घर को क्या कहते हैं ऑप्शन ए हारपून बी बिंगलू सी इग्लू या फिर डी हट प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इग्लू प्रश्न नंबर सात विश्व में लव अयस्क का सर्वाधिक संचित भंडार किसके पास है ऑप्शन ए भारत के पास बी अमेरिका पास सी ब्राजील पास या फिर डी पूर्व सोवियत संघ के पास तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ के पास के लवे सबसे ज्यादा भंडार संचित हैं प्रश्न नंबर आठ भारत और चीन के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए डुर रेखा बी सीजफायर रेखा सी माइकमोन रेखा या फिर डी रेड रेखा तो भारत और अफगानि भारत भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है प्रश्न नंबर आठ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य सीमा का निर्माण करती है प्रश्न नंबर नौ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं ऑप्शन ए उष्ण उष्ण वनों में बी उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में सी शीतोष्ण वनों में या फिर डी शीतोष्ण घास के मैदानों में इसमें बताना है आप लोगों को कि सर्वाधिक जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या किस प्रकार के वनों में पाई जाती है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधी वनों में प्रश्न नंबर दस भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है ऑप्शन ए उत्तरी मैदान में बी प्रादीपी पठार में सी उत्तर पूर्वी राज्यों में या फिर डी तटीय तटीय मैदानों में तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार में सड़कों का घनत्व तो सर्वाधिक है प्रश्न नंबर 11 कौन सा पत्तन पोत निर्माण के लिए संबंधित है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम सी पारा द्वीप सी हल कोचीन या फिर डी हल्दिया प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विशाखापत्तनम पोत निर्माण से संबंधित है प्रश्न नंबर 12 भारत की जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक बड़ा कारण क्या है ऑप्शन ए जन्मदर जन्मदर में वृद्धि बी नगरीकरण सी मृत्यु दर में कमी या फिर डी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो बताना यही है आप लोगों को भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार प्रश्न नंबर तेरह निम्नलिखित में कौन सा स्थान निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान ट्रांसाइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है आप सने लेनिनग्राद बी मास्को सी इकुर इर्कुटस्क या फिर डी मिन्स्क ये बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो ट्रांसाइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है तो प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा मिन्स्क बाकी ये तीनों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं प्रश्न नंबर चौदह भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अधिक होता है ऑप्शन ए कर्नाटक में बी असम में सी तमिलनाडु में या फिर डी केरल में तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर आप लोगों को पता ही होगा पहले से ऑप्शन बी असम प्रश्न नंबर 15 विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पादक देश कौन सा है ऑप्शन ए थाईलैंड बी मलेशिया सी इंडोनेशिया या फिर डी ब्राज़ील इसमें ये बताना है कि भारत विश्व का सर्वाधिक रबर का उत्पादक देश कौन सा है तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड प्रश्न नंबर सोलह अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है कौन है ऑप्शन सोने बिष्णु प्रयाग बी देव प्रयाग सी रुद्रप्रयाग या फिर डी घाघरा तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर जल्दी से आप लोगों ने लगाया लगा लिया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल भागीरथी मिलती, भागी मिलती हैं जिसके बाद गंगा का निर्माण होता है प्रश्न नंबर सत्रह तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है उसका नाम क्या है आप सब बाराकर नदी बी कोसी नदी श्री गंडक नदी या फिर डी घाघरा नदी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बराकर की बराकर नदी बराकर नदी पर बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है प्रश्न नंबर अट्ठारह भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है ऑप्शन सने तमिलनाडु बी उत्तर प्रदेश सी महाराष्ट्र या फिर डी पंजाब प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश प्रश्न नंबर उन्नीस नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन सने सूती वस्त्र के लिए बी ऊनी वस्त्र के लिए सी अखबारी कागज उद्योग के लिए या फिर डी खाद्य उद्योग के लिए बताना है नापानगर नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रश्न नंबर 20 विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है ऑप्शन ईरान बी इराक सी कोत या फिर डी सऊदी अरब प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन डी सऊदी अरब प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21, इसमें सूची दी है सूची वन और सूची टू सूची वन में मुख्य नदियां हैं और सूची टू में उनकी सहायक नदियां हैं तो आप लोगों को मिलाना है कि कौन सी मुख्य नदी है इधर कृष्णा की सहायक नदी कौन है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है गोदावरी की सहायक नदी कौन है यमुना की सहायक नदी की यमुना की सहायक नदी कौन सी है तो ये इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में लेकिन तब तक के आप कमेंट बॉक्स में ये मैचिंग करके कोड बताइएगा कौन किसकी सहायक ने दी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद